किसी से भीख नहीं मांगी हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है किसी से भीख नहीं मांगी हमने अपनी बाजुओं पर तिरंगा लहराया है और हमारी खुददारी क्या पूछोगे मौत सामने थी हमने फिर भी दुश्मनों को पानी दिलाया